बेसिक्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है तो आज हम देखेंगे इसमें एक कंटेनर पहले लेता हूँ जल्दी से जी ले लिया ओके okay? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नंबर का ठीक है जब हमें पावर लेनी होगी तो हम कैसे लेंगे ओके okay? जैसे कि a टू द पावर b, ओके ए रेज टू दावर b। अगर हम करना होगा ए को हमें बी की पावर देनी होगी तो कैसे देंगे ठीक है तो उसके लिए हमें डबल एस्ट्रिक ठीक है टू टाइम्स एस्ट्रिक लगाना होता है मींस इसका मतलब हो गया कि ए रेस्ट टू पावर बी मतलब यहां पे ए की पावर बी हो गई ठीक है यहां पे जो हम पहला नंबर एंटर करेंगे इसमें क्या होगा ये एक नंबर हो जाएगा और जो दूसरा नंबर जो बी है उसमें हम दूसरा नंबर एंटर करेंगे और उसकी पावर हो जाएगी ठीक है तो इसको मैं करके देख लेता हूँ यहाँ जी और पावर लिख देता हूँ पावर मीन्स पावर ओके तो यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ और देखते हैं कैसा रन करता है रन करते हैं ठीक है यहाँ पे मैं कोई नंबर दे, दे देता हूँ जैसे फाइव ही दे, दे देता हूँ ठीक है और फाइव टू द पावर टू ओके तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए कमेंट करके बताइए अच्छा चलिए इसका आंसर आएगा 25 ओके तो यहाँ पे पावर का, का काम कर रहा है ठीक है अगर हम दो बार एक्सट्रिक्स लगा रहे हैं और अगर यह यहाँ पर दो बार यह डिवीजन का सिंबल लगा दें तो क्या होगा ये फ्लोट डिवीजन है इसको हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन ओके और यह क्या काम करता है ये डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स में वैल्यू होती है ठीक है पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है ओके देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको रन करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू दी आ, आ, टू ट्वेंटी टू ओके और इसको ट्वेंटी टू और एंटर किया फिर इसको हम डिवाइड करेंगे जैसे कि मैं करता हूँ थ्री से डिवाइड ओके okay, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सेवन सेवन ही आएगा सही है पॉइंट्स में आंसर आना चाहिए था लेकिन उसने जो हमें पॉइंट ये जो हमने फ्लोट डिवीजन ये का इस्तेमाल किया है इसकी वजह से जो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू है वो हट गई ठीक है अगर हमें ऐसे करना होगा तो हम ये फ्लोट डिविज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं वरना ये डिवीज़न अगर हमें ऐसा करना होगा तो देखिए क्या होता है अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22, ओके और इसको डिवाइड करता हूँ मैं थ्री से क्या हो जाएगा ये क्या हो रहा है नहीं ये क्या हो रहा है मजाक हो रहा है जी जी मजाक हो रहा है ये देखिए यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे पहले से ही लिखा है उसने आप ऊपर जो भी करें ये इंटीजर ही बना देगा इसको ओके तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो ठीक है अब देखिए ये जो फ्लो डिवीज़न है ठीक है सॉरी ये डिवीज़न का सिंपल है तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कोई नंबर इंटर करता ट्वेंटी 22 डिवाइड बाय 3, ये देखिए पॉइंट्स में आंसर आ रहा है ठीक है ना? और अगर हमें ये पॉइंट्स के बाद के नंबर नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर या तो एंटर लगा दो यहाँ पर जैसे अभी लगा हुआ था या फिर यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं फ्लो डिवीज़न ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये और फिर से 22 3 ये देखिए ठीक है ना तो इसके दो तरीके हैं या तो आप यहीं पे कर दें या फिर आप ऊपर से भी कर सकते हैं ठीक है ना तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको तो मिलती रहेंगी और मेरी पिछली वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा थैंक यू